हेलो दोस्तों गुमनाम लोगों पर अब हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम उन लोगों को दिखाएंगे जो लोग हमारे समाज पर्यावरण एवं हमारे देश के लिए एक मिसाल का काम किया है इसीलिए इस चैनल पर बने रहेगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा गली छाप पेश करता है गली के उन लोगों के बारे में जिसने निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा कार्य किया हो हम प्रकृति को बचाने के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं पर्यावरण दिवस जल दिवस पृथ्वी दिवस स्वच्छता दिवस मना लेते हैं इन खास दिनों पर एक आध पौधे को हाथ लगाकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं अगर लाइक्स आ गए तो अगली पोस्ट में कुछ भाषण डाल देते हैं देखा जाए तो पर्यावरण के लिए फिलहाल इतनी ही मुस्तैरी देखी जा रही है लेकिन इन सब बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी चुपचाप हरियाली को हरा भरा कर रहे हैं उन्हें सोशल मीडिया पर लाइक्स की चिंता नहीं है वे बस इंसान होने का फर्ज अदा कर रहे हैं इन्हीं कुछ लोगों की लिस्ट में नाम लिया जाता है असम के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित यादव पाएंग का जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ये वो शख्स हैं जिसने अपने जीवन में इतने पेड़ लगाए हैं जितनी हमारी टोटल पोस्ट पर लाइक नहीं आते हैं आज हम इनकी बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट मैन को नॉर्थ अमेरिका के मैक्स को सरकार ने अपने पास बुलाया है ताकि वो उनके देश को भी रहने लायक बना सके कहते हैं कि चुप रहो तो कामयाबी बोलते हैं कहते हैं कि चुप रहो तो कामयाबी बोलती है कहावत है कि कोशिश हमेशा खामोशी से करनी चाहिए ताकि शोर हो तो बस आपकी कामयाबी का यादव भी कुछ इसी विचारधारा से काम करते रहे हैं वे ज़्यादा टी शो अखबार की सुर्खियों या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल नहीं किए गए लेकिन फिर भी उन्हें साल 2015 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया था यानी कि यादव कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है वे देश के दिग्गज लोगों में शुमार है यादव ने अपने जीवन के 40 साल जंगल को दिए हैं उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के एक दुपय इलाके अरुणा में अकेले के दम पर तेरह एकड़ में फैला जंगल खड़ा कर दिया है और इसकी कारनामा के कारण वे देश में सम्मानित किए गए इनके बनाए जंगल में आज हजारों की संख्या में जानवर और पक्षी रह रहे हैं यादव पायेंग ने उन्नीस में अपने इस काम की शुरुआत की थी तब वे केवल दसवीं कक्षा में पढ़ते थे उनका परिवार पहले ब्रह्मपुत्र नदी के दुबी इलाके अरुणा सपोरी में रहता था लेकिन 1965 में उन्होंने वो जगह छोड़ दी लेकिन पढ़ाई पूरी करने के लिए वे अरुणा आते रहे यादव ने अपने इंटरव्यू में बताया कि एक बार जब वे स्कूल जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में बहुत सारे मरे हुए सांप दिखाई दिए आसपास के लोगों ने बताया कि वहां बाढ़ आई थी पेड़ पौधे थे नहीं इसीलिए ज़्यादातर सांप पानी के तेज बहाव के कारण मर गए ये बात यादव के दिल को छू गई उन्हें बहुत दुख हुआ नदी का किनारा पेड़ पौधों से हरा भरा रहना चाहिए पर वहाँ सब बंजर हो रहा था इसके बाद यादव ने ब्रह्मपुत्र नदी के दुपय इलाके अरुणा सपोरी में वृक्षारोपण करना शुरू किया और ये काम आज तक जारी है खास बात यह है कि यादव ने इस काम में किसी की मदद नहीं ली वे बस पौधे लगाते गए और लगाते गए कई बार बारिश और नदी के पानी ने नन्हे पौधे को बर्बाद कर दिया पर फिर भी कोशिश जारी रही आज यादव 50 साल के हो चुके हैं और अब तक 1300 एकड़ से भी ज़्यादा क्षेत्र में वृक्षारोपण कर नदी के किनारे पूरा जंगल बसा चुके हैं उनका बनाया जंगल पाँच रॉयल टाइगर 100 से भी ज़्यादा हिरणों भालू गिद्धों और कई प्रजातियों के पक्षियों का घर है साल 2015 तक यादव के इस कारनामों के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी वजह यह भी थी कि यादव ने कभी अपने काम का प्रचार नहीं किया ना ही किसी एनजीओ या सरकारी फंड का इस्तेमाल किया वो कहते हैं कि मुझे जो पौधा जहाँ लगाने लायक मिलता मैं लगा देता पौधों को लगाकर उन्हें यूं ही नहीं छोड़ देता बल्कि पानी और खाद देता गया बस शुरुआत में मेहनत ज़्यादा लगी इसके बाद जब जंगल तैयार हो गया तो पौधे खुद अपना घर बनाने लगे जानवर पक्षी खुद यहाँ आ गए यादव पायंग को देश की प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने साल दो में सम्मानित किया जिसके बाद पहली बार केंद्र सरकार ने यादव को जाना और उनके इस अभूतपूर्व काम के लिए साल 2015 में पद्मश्री पुरस्कार देकर दुनिया को ये बताया कि हमारे पास प्रकृति को बचाने वाला सबसे ख़ास ख़जाना खा है देश में सम्मान पाने के बाद यादव को दुनिया के कई देश से बुलावा आया सम्मान मिला यादव कहते हैं कि मैं कोई महान डिग्री हासिल नहीं की पर फिर भी लोगों ने मुझे नौकरियों का ऑफ़र दिया जिस काम के लिए मैं सम्मानित किया जा रहा था उस काम को मैं किसी नौकरी के लिए यूं ही नहीं छोड़ सकता था मैं चाहता हूं कि इस सफ़र में लोग जुड़े ताकि ऐसे और भी जंगल तैयार हो सके वे फ्रांस में आयोजित हुई सातवीं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बैठक में शामिल हो चुके हैं जहाँ से उन्होंने पूरी दुनिया को सम्बोधित करते हुए कहा था कि हर देश को फॉरेस्ट मैन की जरूरत है हमें आईटी की खेप के बीच फॉरेस्ट मैन तैयार करने वाली फसल भी पैदा करनी चाहिए अब यादव की तैयारी है पाँच हजार एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण की जिससे वे जारी रखे हुए हैं बुला रही है दुनिया पर जाने का नहीं बुला रही हैं दुनिया पर जाने का नहीं देश की सरकार ने यादव को सम्मान देकर अपना फ़र्ज तो निभा लिया पर लगता है इससे सबक नहीं लिया इतना सब होने के बाद भी यादव जैसे दूसरे उदाहरण कम ही दिखाई दे रहे हैं यादव ने अपने काम के दम पर काजीरंगा विश्वविद्यालय और असम कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि हासिल कर ली है वे रोज़ सुबह पाँच बजे उठ जंगल पहुँच जाते हैं नए पौधे लगाते हैं पुराने पौधों की छटाई करते हैं पानी खाद देना और मरते हुए पौधों को दवा देना उनका रोज का काम है इसी बीच नॉर्थ अमेरिका यादव को अपने देश बुला रहा है उनके पास मेक्सिको सरकार की ओर से ऑफर आया है जिसमें कहा गया है कि यादव उनके देश में आकर रहे लोगों को पौधा रोपण के तरीके सुझाए और जंगल पैदा करे मेक्सिको में एक गैर सरकारी संगठन ने 10 साल की अवधि में 8 लाख हेक्टेयर भूमि में पेड़ लगाने के लिए यादव के साथ करार किया है इतना ही नहीं उन्होंने वहां की सरकार ने 10 साल का परमानेंट वीज़ा आने जाने का किराया और रहने खाने की सुविधा तक दी है यानी यादव साल के कम से कम तीन महीने मैक्सिको में रहा करेंगे आने वाले 10 साल तक वे नॉर्थ अमेरिका को भी हरा भरा बनाने की तैयारी कर रहे हैं यादव सितंबर में अपने नए मिशन के लिए मेक्सिको की उड़ान भरेंगे जो हमारे लिए गर्व की बात है इसके साथ ही ज़रूरी है कि हम यादव पाइंग से सबक लें। अगर यादव हमारे देश से तीन माह बाहर हैं तो कम से कम उनकी अनुपस्थिति में ही सही देश को हरा भरा बनाते रहे सोचिए अगर देश का हर नागरिक केवल दो पौधे इन तीन माह की अवधि में लगा दे तो प्रकृति को यादव की कमी महसूस नहीं होगी अगर ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपके पास भी है कोई ऐसे लोग की कहानी तो हमारे पास भेजे हमारा ईमेल आईडी नीचे में दिया गया है तो धन्यवाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।